जय हिंद ये हिंदी वर्णमाला का पार्ट टू है जो लोग पार्ट वन नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें या तो फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके सीधे आप वीडियो पर पहुँच सकते हैं तो यह प्रैक्टिस यू पी टी ई टी सी टी टी, आरो, आरो, और वो सभी एग्जाम जिनमें कि सामान हिंदी पहुँची आती है सभी के लिए उपयोगी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ प्रश्न नंबर पैंतालीस कि निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है ऑप्शन ए था पा बी टा सी दा, डी पा तो आप लोगों को बताना चाहिए था कि इसमें घोष वर्ण जो है वो ऑप्शन सी दा है तो घोष वर्ण आपको बता दें घोष और घोष वर्ग का पहला और दूसरा घोष और तीसरा चौथा पांचवा घोष तो द तीसरा अक्षर है इसलिए ये घोष है प्रश्न नंबर वाबिल का हिंदी अर्थ क्या है या वाबिल को हिंदी में क्या कहते हैं ऑप्शन ए अक्षर बी व्यंजन सी स्वर डी समृत तो ये बहुत ही इजी सवाल है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वर प्रश्न नंबर सैतालीस जिन शब्दों के अंत में आ, आ आता है क्या कहते हैं ऑप्शन ए अनुस्वार बी अयोगवा सी अंतस्थ या फिर डी आकारांत जिन वाक्यों के अंत में आ, आ आता हो उनको क्या कहते हैं बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा और सबसे पहले आप लोग पेपर पेन लेकर बैठिए मेरे साथ हल करिए फिर लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आकारांत प्रश्न नंबर अड़तालीस हिंदी भाषा में मूलता वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है ऑप्शन ए पचास बी इक्यावन सी बावन डी तिरपन तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बावन प्रश्न नंबर उनचास निम्नलिखित में वोस्ट ध्वनि है ऑप्शन एला बीरा शीशा डी फा तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर उनचास का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फा प्रश्न नंबर पचास निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है ऑप्शन ए छोटाऊ बी खा सीरा डी या तो इसमें बताना है कि एक वर्ण ऐसा है जो व्यंजन नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छोटाऊ छोटाऊ स्वर है प्रश्न नंबर इक्यावन कौन स्वर नहीं है ऑप्शन ए आ बी उ सी ए डी बा बहुत ही कॉमन सवाल इजी सवाल है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बा निम्नलिखित प्रश्न नंबर बावन निम्नलिखित में से कौन सा टावर्ग का नहीं है बहुत ही मतलब इजी सवाल है लेकिन देखिए बीएड एड इंट्रेंस एग्जाम दो में आया हुआ सवाल है ऑप्शन ए था बी डा सी अड़ा डी घा इसमें बताना है कौन सा टावर्ग का नहीं है तो टाटा डाढ़ा अड़ा ये घा वाला जो है एक कावर्ग का है प्रश्न नंबर तिरपन हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12 या फिर डी 13 प्रश्न नंबर तिरपन का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 प्रश्न नंबर चौवन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है ऑप्शन ए छोटा बी छोटाऊ सी ए डी जा तो सर इसमें जा नहीं है प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि औष्ठ नहीं है ऑप्शन आपसे बी बा सीमा डी ता तो ये बताइए आप लोग क्या होगा सही है? उत्तर इसका कौन सी औष्ट ध्वनि नहीं है ये बताना है प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर क्या होगा तो प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ता प्रश्न नंबर 56 इनमें कौन सा वर्ण स्वर है ऑप्शन ए आई बी ला सी का डी लिरी इसमें बताना कौन सा वर्ण स्वर है प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आई प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ऑप्शन ए डा टा तो अंतस्थ बच्चा अंतस्थ व्यंजन इसमें बताना है कौन सा है तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर सत्तावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी या या एक अंतस्थ व्यंजन है प्रश्न नंबर अट्ठावन इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है ए दंत बी मूर्धा सी दंत या फिर डी कंठोष्ठ तो बताइए जल्दी से प्रश्न नंबर अट्ठावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंठ होस्ट प्रश्न नंबर उन्सठ चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है ऑप्शन ए तालु बी मूर्धा सी ओष्ट डी कंठ चा और छा का बताना है उच्चारण स्थान कौन सा है प्रश्न नंबर उन्सठ का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर साठ हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है ए बत्तीस बी तैंतीस सी चौंतीस डी पैंतीस तो बताइए हिंदी में हिंदी वर्णमाला जो है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है प्रश्न नंबर साठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तैंतीस प्रश्न नंबर इकसठ भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं ऑप्शन ए शब्द बी व्यंजन सीश्वर या फिर डी अक्षर तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अक्षर वर्ण प्रश्न नंबर बासठ निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं ऑप्शन ए पुनः बी इलाहाबाद सी दिल्ली डी उत्साह किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है तो प्रश्न नंबर बासठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली में द्वित्य व्यंजन है प्रश्न नंबर तिरसठ हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है ऑप्शन ए का बी छा सी त्रा डी ग्या प्रश्न नंबर तिरसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का के बाद छा का क्रम आता है प्रश्न नंबर चौसठ छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है ऑप्शन ए मूल स्वर बी घोष वर्ण सी संयुक्त वर्ण या फिर डी तालब्य वर्ण तो बहुत ही इजी सवाल है आप लोगों को पता होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण है का और सा के योग से अच्छा बनता है प्रश्न नंबर पैंसठ निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है तो हम आपको बता दें अघोष वन और टू वर्ग के पहले और दूसरे अघोष तीसरा चौथा पाँचवा घोष तो इसमें चेक करिए अब हो सब पहला दूसरा कोई होगा इसमें तो वही होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा आप तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साठ घा का उच्चारण स्थान कौन सा है आपसे निमूर्धा बी कंठ सी तालु डी दंते तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है कंठ तो यह बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर छाछठ निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है ऑप्शन तो का सही उत्तर बताइए तो दो वर्णों से मिलकर बना होता है जा और या प्रश्न नंबर वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना होता है जा या। बी जा और इ जा और धा डी जा और न्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा प्रश्न नंबर अड़सठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जा और इया। जो हालंत लग जाता है यही वाला लगाइएगा आप लोग प्रश्न नंबर उनहत्तर कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है आपसे ने माँ सी बाड़ाऊ या फिर डी बड़ा इसमें बताना है कौन सा ओष्ठ नहीं है प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बड़ा आ प्रश्न नंबर 70 अल्पप्राण प्राण अल्पप्राण अल्प ध्वनियों का समूह कौन है ऑप्शन ए का खागा बी चा जा सी ता था ना या फिर डी टा ठा अड़ा तो, तो इसमें बताना है कि अल्पप्राण प्राण ध्वनियों का समूह कौन है और हम आपको बता चुके हैं सत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चा जा, जा ये अल्प प्राण दुनिया है प्रश्न नंबर इकहत्तर वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है ऑप्शन ए रंग बी आकाश सी जात डी अक्षर तो बताना है इसमें कि वर्ण का एक अर्थ नहीं होता है। इसमें जो दिए हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डी ऑप्शन बी आकाश आकाश का पर्यावाची वर्ण नहीं है बाकी वर्ण रंग को भी कहते हैं जाति को और रक्षर को भी कहते हैं प्रश्न नंबर बहत्तर कौन वर्ण घोष नहीं है ऑप्शन ए बी सी छोटा डी डा तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर बहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ता घोष वर्ण नहीं है क्यों नहीं क्योंकि पहला और दूसरा घोष तीसरा चौथा पाँचवा घोष प्रश्न नंबर तिहत्तर किन धुनियों को अनुस्वार कहा जाता है ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाले नासिक की धुनिया बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनिया सी स्वर के साथ आने वाली धुनिया या फिर डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्निया अनुस्वार किसको कहा जाता है ये बताना है प्रश्न नंबर तिहत्तर तो आप लोगों ने लगा लिया हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुर के बाद आने वाली नासिक की जिनको अनुस्वार कहा जाता है प्रश्न नंबर चौहत्तर के शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ है ऑप्शन है कृपा बी कृष्णा सी दृष्टि डी रिवाज तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रिवाज रिवाज में री का प्रयोग नहीं हुआ है प्रश्न नंबर पचहत्तर निम्नलिखित में दंत वर्ण है ऑप्शन ए या बीचा सीता और डी छोटाऊ प्रश्न नंबर पचहत्तर का सही उत्तर जल्दी आप लगाइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ता दंतवर्ण है प्रश्न नंबर छिहत्तर घा का उच्चारण स्थान कौन सा है ऑप्शन ए मूर्धा बी कंठ सीतालु या फिर डी दंत तो इस प्रश्न का सही उत्तर रिपीट हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंठ प्रश्न नंबर सतहत्तर हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा ऑप्शन ए संतान सकल सचल सक्षम बी सकल संतान सचल सक्षम सी सकल सचल संतान सक्षम या फिर डी संतान सकल सक्षम सचल तो इसमें शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सही क्रम में रखना है तो आप लोग जल्दी से रखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संतान होगा पहले फिर सकल होगा फिर सक्षम होगा फिर सचल होगा प्रश्न नंबर अठहत्तर निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है ये बताना है ऑप्शन ए था बी का सी वा डी चा प्रश्न नंबर अठहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए था। था जो है एक महाप्राण वर्ण है प्रश्न नंबर उन्यासी हिंदी शब्द कोश में अन व किस वर्ण के साथ आता है ऑप्शन ए ओ बी आ सी आह डी बड़ा आ तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर उन्यासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छोटा प्रश्न नंबर अस्सी छ वर्ण किसके योग से बना है ऑप्शन ए का, का, का, का, का सा का औ का औा का और सा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे अगले वीडियो में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद